बात 2001 हजार एक की दुनिया ने नए मिलेनियम में कदम रख चुकी थी इससे ठीक 10 साल पहले 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के टूटने की औपचारिक घोषणा के साथ अमेरिका सीत युद्ध को जीत के दुनिया की अकेली महाशक्ति बन चुका था यह दौर था खालिश अमेरिका 1991 का पहला खाड़ी युद्ध जो ग्लोशिया में हुए युद्ध में अमरीका अपनी अद्वितय सैन्य ताकत के बूते न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटा था तभी तारीख आई ग्यारह सितंबर दो की अमेरिका के पॉले पोसो मुजहदुद्दीन ओसमा बिन लादेन ने अमेरिका पर ही दुनिया का सबसे भीषण आतंकी हमला किया यह 9 दो के नाम से अमेरिकी लोगों के मानस पर हमेशा के लिए छप गया दुनिया इससे पहले ऐसा कभी आतंकी हमला नहीं देखा था अमेरिका के तीन हवाई अड्डों से उड़े चार विमानों को ओसमा के ट्रेड आतंकियों ने हाईजेक कर लिया था इसमें से बॉस्टन से उड़े दो विमानों को मिसाइल बनाकर ग्यारह से अठारह मिनट के अंतराल में मैन हैंडन वर्ल्ड टावर्स को उड़ा दिया गया था वाशिंगटन डीसी के करीब ड्यूलिस एक्सपर्ट एयरपोर्ट से उड़े विमानों में पेंटागन बिल्डिंग के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में, में क्रैश कर दिया गया था न्यूजर्सी के न्यूयॉर्क से उड़ान भरने वाला चौथा विमान पेनिलो पेनेसिलोनिया के करीब मैदान में, में क्रैश हो गया आतंकियों के इस विमान को हाईचैक कर रखा था मगर यात्री आतंकियों से भीड़ से और विमान क्रैश हो गया था हमला इतना भयावह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले सीक्रेट सर्विस के एजेंसी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को कई घंटों तक तो एयरफोर्स वन में लेकर अमेरिका के आसमान में उड़ान भरते रहे इस दौरान एफ सिक्सटीन लड़ाकू विमानों की उनकी सुरक्षा तैनात कर दी गई अलकायदा के आतंकियों ने ग्यारह सितंबर दो को अमरीका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डब्ल्यूसी के दोनों टावरों पर यात्री विमानों को मिसाइल बनाकर हमला किया था इसमें हमला के लिए अमेरिका के तीनों में से चार यात्री विमानों को हाइजेक किया गया था डब्ल्यूटीसी के नॉर्थ टावर से पहला विमान टकराने के सत्रह मिनट बाद साउथ टावर से टकराने जाता है दूसरा विमान भीषण आतंकी हमले ने डब्ल्यूटीसी के दोनों टावर ही नहीं बल